हाय मैं डॉक्टर नगेंद्र तालोर सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आज अपन डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में तो एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक का एक बेस्ट ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट को जो भी ब्लड वेस जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें क्लोट बन जाता है प्लाक बन जाता है वो प्लाक रेप्चर होता है उसे केमिकल निकलते हैं जो आर और प्लेटेट को इकट्ठा करती हैं वहाँ पर और ब्लड सप्लाई को रोक देती हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को एंजियोप्लास्टी करनी होती है और एंजियोप्लास्टी में सबसे पहले अपन वायर डालते हैं वायर के ऊपर एक बैलून ले जाते हैं बैलून पे स्टंट लगा रहता है और वहाँ पे ले जा कर बैलून को फुला देते हैं बैलून को फुलाने से इस्ट भी फूल जाता है फिर बैलून को अपन डिफ्लेट करते हैं वापस निकाल देते हैं और स्टंट वहाँ परमानेंट रह जाता है वो वा फिर वहाँ से मूव नहीं करता है इस तरह एनजियो की जाती है अब अपन रियल में देखते हैं कैसे एनजियो करते हैं तो एंजियोप्लास्टी अब करने के लिए अपने को हार्ट तक जाने के लिए अपने को कोई रूट चाहिए या तो अपन हाथ की नस से जा सकते हैं या पैर की नस से जा सकते हैं यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपन हार्ट की नस से जा रहे हैं तो हार्ट की नस से जाने के लिए अपन उस एरिया पे थोड़ा लोकल इंजेक्शन देते हैं लोकल एनिस्थीसिया देते हैं ताकि पेन नहीं हो तो वन टू एम एल अपने लोकल एनस्थीशिया इंजेक्ट कर दिया है अब अपन वहाँ पे आर्टरी को पालपेट करते हैं फिल करते हैं और जो अपना पंक्चर नीडल है उसके थ्रू उसमें पंक्चर करेंगे और जैसे अपन पंक्चर करते हैं फिर आर इस कैनुला के पीछे की साइड में अपने को ब्लड दिखाई दे जाएगा जैसे ब्लड दिखने लग जाए वहाँ पे अपन छोड़ देते हैं फिर और फिर नीडल को उसमें से निकाल देते हैं अब अपन वायर लेते हैं और धीरे धीरे कैनोला को न, पीछे विदड्रॉ करते हैं पीछे निकालेंगे और जैसे उसमें ब्लड आने लग जाए अपन वायर उसमें डाल देंगे फिर अब वायर उसमें डाल देते हैं वायर अपना आर्ट्री में चला जाता है अब वायर के ऊपर अपन एक सीत रहती है वो सीत इंसर्ट कर देंगे सीत एक बार लग जाती है अपना काफ़ी काम आसान हो जाता है क्योंकि सीत के थ्रू फिर अपन केथेटर बैलून वायर सारी जो भी चीज़ें रहती हैं अपन सीत के अंदर से ही फिर डालते हैं तो अब अपनी सीत लग गई है और अपन एक बार सीत के थ्रू प्रेशर चेक कर लेते हैं अपना प्रेशर ठीक है कन्फर्म हो जाता है कि अपन आर्ट्री में ही है उसके बाद में अपन एक कोकटेल रहता है जिसमें हिपेरिन एंटीजी वगैरह रहते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं तो ये अपना अपना पंक्चर का प्रोसीजर पूरा हो गया अब अपन एक ट्यूब रहता है जिसको कैथेटर बोलते हैं वो हार्ट की नस में वहाँ पे हुक करते हैं और उसके थ्रू डाई देंगे तो इसमें अपन क्लियर कट दे सकते हैं कि वहाँ पे ऊपर नाइन्टी नाइन्टी ब्लॉक है अब उस ब्लॉक को सही करने के लिए अपने को एनजियो करना है एनजियो के लिए अपन उसमें आर्ट्री में पहले वायर डालेंगे क्योंकि वायर के थ्रू ही अपन बैलून और स्टेंट ले जा सकते हैं तो यहाँ पे अपन ने वायर इसमें डाल दिया है तब वायर के थ्रू अपन स्टंट लेके जा रहे हैं और इस्टंट अपन ने इसमें प्लेस कर दिया अब अपना स्टंट अपन इसमें चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन चेक करने के लिए अपन दूसरा व्यू भी लेते हैं और एक बार कंफर्म हो गया अपना तो उसको स्टंट को अपन डायलेक्ट करेंगे जैसे ही अपन बेलून को फुलाएंगे स्टंट भी अपना फूल जाएगा तो अपन इसमें देख रहे हैं कि ये जो प्रोगजिमल पार्ट और डिजिटल पार्ट है यानी ऊपर और नीचे के पार्ट देखो पहले फूल रहे हैं बीच का पार्ट बाद में फूलता है क्योंकि वहाँ पे टाइट था वो नाइनटी नाइन्टी फाइव था तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा जब भी वो फूलेगा इस तरह अपना स्टंट पूरा फूल गया है अब फूलने के बाद में अपन बैलून को डीफ्लेट करते हैं वापिस बैलून को बाहर निकालते हैं और अपना इस्टंट वहाँ पर रह जाता है वो स्टंट वहाँ परमानेंट रहेगा और अब अपन इसमें एंजो करके देखते हैं तो अपना क्लियर कट है आर्टरी का जो पहले थी नेरोनि वहां पे जो ब्लॉक था वो ब्लॉक अपना हट गया अब नॉर्मल जैसा दिखने लगे है